जाके आया मेरे बेचैन दिल को खरा दिल पर तुझे मिलने को कब से था मैं बे अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को खरा